जापान ने इंडिया की हेल्प मांगी है, चाइना से लड़ाई करने के एलआई कर बन जाए मिलिट्री एलिट टू डिफेंड इच अदर अब जो अब नई चीज जो अनाउंस की है जो डिफेंस मिनिस्टर ने की अब इंडिया और जपान की करें और जापान इन्वेस्टमेंट्स तो इंडिया का तो फायदा दोनों तरह से हो रहा है। उंगली घी में इससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी और इससे देना तो जब से फ्वाज का निर्माण हुआ है चीन के तेबर बदलने लगे हैं जैसा की अभी हमारे चीन ने पेट्रोल पॉइंटीन से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का निर्णय ले लिया है, ये सब एक चीन पर टेक्नोलॉजी के बाद हैंगक तो, है। है, है है। no नहीं है और उसके बाद रशिया से तेल पिल रहा है सस्ते में भारत के साथ सिक्योरिटी पैक्ट एग्रीमेंट करना चाहता है चाइना के खिलाफ क्योंकि अब जापान को भी एहसास हो गया है की चीन के खिलाफ अगर इस एरिया के अंदर कोई मुकाबला कर सकता है चीन को कोई रोक सकता है हर मामले में चाहे वो इकोनमी बाइज हो या फिर सिक्योरिटी बाइज हो या मिलिट्री बाइज हो तो वह है भारत और इसीलिए अमेरिका ने क्वाड भी बनाया जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका और इंडिया आपस में एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली इंडिया को भी फायदा है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बढ़ने के बाद जिस तरह से चाइना ने बिहेव करना स्टार्ट किया था अपने पड़ोसी देशों के साथ चाहे वो जापान हो ताइवान हो या इंडिया हो उसमें अगर क्वाड के फॉर्म में इंडिया को न सिर्फ जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मिलिट्री सहयोग मिले बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आए तो इंडिया के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी यानी एक समय जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजी थी जो एडवांटेज था वह अब इंडिया के पास आ चुका है डॉक्टर अभी मैं देख रहा था जापान और इंडिया का भी टू, टू जो है वो हो रहा है लेकिन ये ज़्यादातर सिक्योरिटी की इज क्रिटिकलियर पावर है बड़ी इकोनॉमी है अमरीका चाहता है कि दिस इंडिया लफड़े में नहीं पड़ना चाहता बट इंडिया i mean america ke liye india is a challenge because india may be weaker in economy and weaker in military but india is not intellectually weaker than america they have their own understanding of international relations and they understand the, the long term implications so india ne kya kiya hai is very interesting to ab kya ho gaya hai ye 2 plus 2 ke jo dialogues ho rahe hain security ka investments ka aur india agenda ko broad karta raha usme har cheez dal deta tha इंडिया ऑन डेवेलपमेंट जपान का भी वही फोकस है, है, कि उसका बन है अब और जपान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे और जपान इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का तो फायदा दोनों तरह से हो रहा है मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रही है और पैसा भी आ रहा है तो इंडिया के लिए, के लिए दिस इज़ द नंबर वन गोल फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा अब इंडिया यूएस तो कर ही रहा है और उसके बाद रशिया से तेल पिल रहा है सस्ते में देखिये इंडिया शुरू से बड़ा किस्मत वाला रहा है far sightedness which is good aur unhone ne ye samajh gaya ki agar hum ye pure agenda agar US ka accept kar lete hain to hum phans jayenge to dusre mulk don't realize ki iska long term impact hamare par kya ho jayega to is tarah ka jo bada strategic uh, cultural environment hai india ka it helps india not get into traps india aur japan ke beech mein exercise chal rahi hai naval exercise sir ye jo naval exercise chal rahi hai japan ke sath इससे इंडिया को क्या लिवरेज मिलने वाली और इसका फायदा क्या होने वाला है? जापान के साथ एक्साइज करके भारत चीन को यह दिखाना चाहता है कि जापान अकेला नहीं है और भारत उसके साथ है इसलिए इस एक्साइज का भारत को भी उतना ही फायदा है जितना जापान को है इस इसके द्वारा भारत चीन को यह दिखा रहा है कि चीन और जापान और साथ में अमेरिका की बैकिंग जो जापान के साथ है ये सब उसके खिलाफ है और वो ये इसमें ये ना सोचे कि वही एक शक्ति है इस एरिया में जापान की हैसियत को आप इस तरह से देखिए कि उसके साथ अमेरिका है और जापान को जो तो लेटेस्ट सामान दिया गया है एंटी शिप की मिसाइल्स दी गई हैं एंटी एयर की मिसाइल्स दी गई हैं और उसे पूरी तरह से उसी प्रकार तैयार किया गया जिस तरह जूक्रेन दूसरे खिलाफ तैयार है तो इसलिए इंडिया का जापान के साथ जुड़ना उसी प्रकार से एक एक एक फ्रंट पैदा कर निर्माण हुआ है चीन को अपनेजर नजर आने लगा है और उसके तेबर बदलने लगे हैं जैसा की अभी हमारे सीमाओं पर चीन ने पेट्रोल पॉइंट फिफ्टीन से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का निर्णय ले लिया है ये सब एक चीन पर दबाव भी टेक्नोलॉजी के बाद ही हुआ है चीन प्रकार से अपने आप को पूरे दक्षिण एशिया में दिखा रहा था वो किसी बात के लिए तैयार नहीं था तो ये सब एक पार्ट को और भी मजबूत करने से यही फायदा हो रहा है कि चीन को भी वह होने लगा है कि उस उसका भी उत्तर विश्व में तैयार है और केवल ना जमीन पर ही नहीं उसका जो मैक्सिमम जो इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है उसको भी चेक किया जा सकता है इसलिए इसका फायदा बहुत हो रहा है अच्छा उमर मेरा आपसे सवाल यह है कि जापान ये चाहता है कि इंडिया उनको सपोर्ट करे चाइना को बीट करने के लिए तो सर आपको क्या लगता है क्या, इंडिया इस वक्त इतना डिफरेंट मालिक की जानब से हमेशा इंडिया की सपोर्ट के लिए जो है वो न्यूज मिलती है सपोर्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने उसकी इकोनोमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो अब जापान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है के साथ इंडिया खड़ा हो गया। तो फिर चाइना क्या पापड़ा है को अपनी तरफ करने के? ये रशिया के थ्रू गेम चला सकता है की रशिया और इंडिया के तलुकात जो है काफी अच्छे रिलेशन उनके वो एक दूसरे से वो डिफेंस की चीजें भी लेते रहते रहते हैं मोस्टली इंडिया ही लेता है रशिया से तो इस वजह से रशिया के थ्रू जो है चाइना इंडिया को अपने पैनल में मिलाने की कोशिश करे लेकिन यूएस ये होने नहीं देगा तो जिस वजह से मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इंडिया चाइना के पास नहीं जाएगा इतनी आसानी से लेकिन ये एक बेनिफिट देखे जाते हैं एट द एंड चाहे वो उन चाइना की तरफ से मिल रहे हैं चाहे या उन्हें अमेरिका की तरफ तो वो इंडिया उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उनके ज़्यादा बेनिफिट्स से फ्यूचर आगे उनको किस तरफ नज़र आ रहा है